सो so फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी तो सोशल मीडिया का यूज़ किया ही होगा जैसे लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर और दोस्तों अनेकों जैसे सोशल मीडिया साइट हुई उसको तो यूज किया ही होगा तो कभी कभार हम जब फेसबुक पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो दोस्तों हम लोगों को पासवर्ड भूलने की बहुत आदत होती है जैसे हम भूल जाते हैं प्रॉपर याद नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आई थिंक आपने कभी ना कभी उस अकाउंट का ब्राउजर तो किया ही होगा कभी ना कभी आपने ब्राउजिंग उसको किसी भी ब्राउजर के थ्रू किया ही होगा गूगल पे तो दोस्तों इन सब का पासवर्ड कहाँ पर सेव होता है दोस्तों आप उसे दोबारा जाकर कहाँ से देख सकते हो तो, तो मैं इस वीडियो में आपकी फुल डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये सब एप्लीकेशन का जितने भी पासवर्ड होते हैं कहाँ पर सेव होता है तो दोस्तों चलिए वीडियो की स्टार्ट तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दान बहादुर नो ड्रामा नो क्लिक वेट उक तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर एंड फाइनली अगर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको सेम प्रोसेसर कंप्यूटर स्क्रीन पर करें मोबाइल स्क्रीन पर सेम प्रोसेस आपको मिलेगी सोशल मीडिया का जो भी पासवर्ड आपको चाहिए आप भूल गए हों तो आपको वो रिकवर कर सकते हैं दोस्तों आपको आना है क्रोम ब्राउजर में अगर आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो या किसी भी ब्राउजर से आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर में सिंपली मिल जाएगा हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर को किसी एक ईमेल से आपको क्या करना है लॉग कर लेना है जैसे कि दोस्तों हमने जो ईमेल चलाते हैं उसे लॉग कर ले रहे हैं देन आपको करना क्या है राइट हैंड साइड में कार्नर की तरफ थ्री डॉट मिलेंगे आपको मोबाइल में देखने को मिल जाएगा और लैपटॉप में भी देखने को मिल जाएगा सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे नीचे की तरफ के सेटिंग के ऑप्शन में जगह सेटिंग पर सिंपली क्लिक करना है देन आपको क्या करना है कि दोस्तों आपको आ जाना है ऑटो में आटो में आने के बाद दोस्तों आपको पासवर्ड पर सिंपली क्लिक करना है और दोस्तों जितना भी आपका पासवर्ड होगा आप उसे क्लिक करके सिंपली देख सकते हो जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई एक पासवर्ड को आपको दिखाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे कोई एक पासवर्ड यहाँ पर दिखाने वाला जैसे दोस्तों आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों वो पासवर्ड हमें देखने को मिल जाएगी यह दोस्तों यहाँ पर एम पिन क्रोम ब्राउजर की सिक्योरिटी के लिए लैपटॉप में हमारा लिया रहता है तो दोस्तों आपको एम पिन या पासवर्ड जो भी मांगे आपको यहाँ पर फिलअप करके आपको उसे देख लेना है आपको मोबाइल में तो ये देखने को नहीं मिलता है अभी मैं मोबाइल में बताऊंगा कैसे आप ये सब कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो वीडियो कैसा लगा है? कमेंट क्षेत्र में बताएं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बेल को दबा और पर सेट कर लेना क्योंकि दोस्तों ऐसे तो हेल्प करने मिलते हैं और मिलते रहते हैं तो दोस्तों चलिए मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे मोबाइल में हम पासवर्ड को ढूंढ सकते हैं तो हम आ गए अब मोबाइल के होम स्क्रीन पे और दोस्तों यहाँ पे हम सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं क्या दोस्तों यहाँ पे मैं विदाउट देरी किए हुए ये सब जल्द से जल्द मैं इसे कवर करना चाहता हूँ तो दोस्तों थ्री डॉट पे क्लिक करना है जैसा कि हमने लैपटॉप में किया उसका बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है सिंपली उसका बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते ही आपको पासवर्ड का सी प्लीस पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आप पासवर्ड जिस चीज़ का भी चाहिए आप यहाँ पे ढूंढ कर उसे क्लिक करोगे दोस्तों आपको पासवर्ड देखने को, तो को मिलेगा ये जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए चैनल, चैनल, चैनल, चैनल पर नहीं चैनल सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बिल्कुल दबागा और सेट कर लेना क्योंकि दोस्तों ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मिलते हैं और मिलते रहेंगे तब तक दोस्तों गुड बाय